नमस्कार दोस्तों अभी अभी मैं ड्यूटी से निकल रहा हूँ नाइट से ड्यूटी था तो सोचे थे वीडियो बना लो अभी मैं रास्ते पे हूँ दस मिनट में अपने जल पहुंचून जा लेट सकते हो यहाँ का नजारा अभी मौसम साफ नहीं, नहीं तो पीछे में गुटकाव्य प्रांत पर दिल्ली नजर आता है शायद थोड़ा थोड़ा नजर आता हो जा तो तो चलिए वीडियो में बने रहिए अभी मैं चलता चुके हैं हैं देखते अरे जाए सबूत देखिए बाबा बेटा तो, तो हमको तो क्या ये तो जी, जी। गुड मॉर्निंग आपको तो चलो सुबह उठ लेके नाश्ता बना दो तो वीडियो में देखिए क्या क्या नाश्ता नाश्ता बना बना बना रही है, तो बना रही है है लिए सविता चाय चाय टोस्ट टोस्ट और हम इसका के रहे हैं तो खाना मतलब नाश्ता और हम इस वक्त भी दो दिन से बिगड़ा हुआ था क्योंकि उसको पोटी करने में परेशानी हो रहा था तो कल हम लोग डॉक्टर के पास इसको लेके गए थे तो डॉक्टर ने एक वो टैबलेट दिया है बोला है और दो तो चार दो दिन तीन दिन से लाइट फ्रूट पोटी नहीं की थी तो उसको परेशानी है उसको आदत है कि डेली करने का और नहीं एक बीच बीच भी हो जाता था उसको परेशानी होने लगता है बहुत ज़्यादा तो अभी कल करी थी दवा देने के बाद हमको लगता आधा एक घंटा के लम्सम में वो कर लेते हैं चलो बाय बोल दो बेटा तो, तो, तो, तो वीडियो तो यहीं समाप्त करते हैं बाय मिलते हैं बाई बायोज में बाय बाय बोला बाय